Yeah, Sunny Leonie. Sunny Leonie ना होता है हो वो। भाई भाई हबीबी। होती। हमारे रूम में भेजती हम इसका दुख दुख हमेशा टिक के नशे में रहती पहले ऑडिशन लेती जान गाती। फिर हम तुम्हारा ऑडिशन देख के तुम्हारे रूम में लेके जाती मेरा नाम, भी मेरा नाम जोनी लेवर। अभी तो सनी जो भी जोनी लेवर सनी देवल सब एक ही है तुम्हारा नाम क्या है हमारा नाम होती अब्दुल्ला ना और इनकी गाल में फेरती तुम गन्ना अब तो तुम्हारा नाम क्या है फिर हमारा नाम बिनिरा नाम से हमारा कुछ नहीं लेती बहुत बड़ा तकरीर होती तुम अपना ऑडिशन देती गाने सुनाती सुना फिर हमारा गाना आ, मेरी जबी जा। का का जा जा चांद दिखा रात रात है ये बहुत बेसुर साइड में भेजती साइड में नहीं इसको हमारे रूम में भेजती इसको हम तुरंत गाना सिखाती तुम हमेशा गान के नशे में रहती है अभी अरे इसको भेज के तो देखती है, एक बार में सिंगर बना देती बहन के लोड़े बड़े वाले तुम रे रे कारे कारे कारे, मर कारे कारे कारे सिंगर बनेगा अरे तरकार कितना बेसुरा गाना गाती अभी भी।, भी तुम इसे हमारे रूम में भेजती तुम भी बहुत नजे में रहती गलत भी हम इसे बहुत बड़ा सिंगर बनाती आ, तुम तो इसको राहत फतेह अली खान का भैया बनाती साला दुग्गी इसका रूम में अभी भी हम इसे रानु मंडल का भैया बनाती आ, हमको सिखाती चाल बहुत बड़ा गंडेली होती है चाल दुग्गी पीडा तुम्हारी जान भैया हमारे रूम में आजाना हबीबी अभी भी थोड़ी है हैं साले। मान, मान, की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला इच्छा बढ़ है तो हम क्या ना लेते मेरी मेरी भी। फिर जाओ, जाओ।, जाओ। है आजादी आ जाओ अभी भी तो मेरा छोटा वाला भैया गाना गाला है अब तो एक बात बताओ तुम्हारी से कोई है ना है? मर रहे पूरी गैल लेके हमारा कोई नहीं होती हाँ ये बहुत बड़ा होती अब्दुल्ला बहन की लोहड़ी काजल नाम की लोन्डिया सेट कर लेती हमारी किरायेदार होती गलत काजल के बारे में क्यों नाम लेती हमारी बेचती बहुत होती बेचती साली है उसकी बहन चो हमें नहीं दिलवाई होती हमसे तो कहती रात को दोनों पीलती गेट भी नहीं खोलती अकेले अकेले फेलती उसका विकास को भी पता नहीं देती हमने बताई होती तो होती काजल हमारी पर्सनल होती उसके बारे नाम होती। में नाम नहीं लेती तुमको हर का होती आसियाना रहती हमको सब पता होती मेरे कद्दू की मोहब्बत है तुम्हारी पूरे आसियाना वालों को देती फिर रही है मोहब्बत तो हमारी भी थी छाया बांट रही है मोहब्बत मोहब्बत कुछ न होता तुम ये बताओ हम जीत रहे हैं हार रहे हैं बताओ घर पे इनका हिसाब किताब जोड़ के भेजती जरा कितना उधार होती इनका अभी भी कोई अपनी दुकान, थोड़ी की, जो ये उधार लेती ऑडिशन देती इनका बताओ ये लो इसमें लिखती अच्छा तो हमारे हिसाब से ये छोटा वाला जीतती हाँ छोटा वाला तो जीतती साइड में उसकी गांजो लेती ऐसा बात नहीं है ये छोटा वाला बहुत अच्छी होती नहीं कहती ले लो फिर और हम भी साफ देख रहे हैं तो ये क्या मेरा कद्दू देख रहे हैं तो काजल की दुग्की पीड़ रहे है मेरा कद्दू का ऑडिशन दे रहे है इससे बढ़िया तो घर पे सलाटता मैं सही कह रही है यार तू चल ना चलना तो हो गई सही कह रही पास हो ना हो हम मेरा कद्दू का पास हो गए पहले इनकी लोडिया बाजी तो सही है हो ना हो अभी भी तुम हमको दिखाती तुम बहुत गुंडी गुंडी बातें करती अभी भी हमारे हिसाब से बड़ा वाला लड़का जीतती आ, बड़ा कैसे नहीं तुम उसकी भी हमारे सामने ले लेती कोने में ले जाके तो एक काम करो। तुम छोटे वाले की लेती हम बड़े वाले की लेती गुड फील्ड होती छोटे वाला आती कोने में तो अभी भी एक काम करो पहले तुम हमारी ले लोन जो सरकारी है और ये है तो लोग एमबीशन तुम खोल अपनी खोल ऑडिशन थोड़ी हो रही है, पे हो रही है, खोल खोल, ना खोल ले, ले बहुत होती, अब इनका ऑडिशन में कहाती कौन जीतती तो आज के विजेता होती काजल सेक्सी काजल जीतती विजेता आज की काजल होती काजल कहा से आ गई तब होता तो ऑडिशन ही देने ना आई ऑडिशन थोड़ी, थोड़ी हो गया बहन का रेडिया पर हो गया मार बहन के बोफड़ा